ठीक है हम बात कर रहे हैं कार्डिकोटेंशियल ठीक है मैंने ये ग्राफ बनाया एक तरफ इसके वोल्टेज है एक तरफ इसके टाइम है इस वक्त आपका जो कार्डिक मसल है वो कुछ नहीं कर रहा कोई फतफ उसको नहीं भेजी तो हमने उसको जो लाइन बनाई है उसकी वो ये ये बात याद रखें कि रेस्टिंग मेम्रेन पोटेंशन माइनस नाइनटी ग्री वोल्ट होता है ये ये याद रखने वाली बात है इसके पीछे साइंस से लेकर उनके बहुत उम्मीद कहानी हो जाएगी बस याद रखना है कि जब मसल कुछ नहीं कर रहा होता तो वो एक वोल्टेज पे होता है इसे कहते हैं है, छोटा गुण। गुण। तो है, सा पोटेंशियल होता है ठीक है अब इम्पल्स आके उसने उसको स्टिमुलेट कर दिया हार्ट अब वो क्या करेगा अब वो डी मोडराइज ये बात याद रखेंगे डीपोडराइजेशन की कर्व ऐसे दिखाई जाती है ऊपर जाती है यानी ये नेगेटिव है इधर ये है फिर माइनस सिक्सटी फाइव है सिक्सटी फाइव इधर ही नहीं होता ठीक है और ये मतलब ये कम माइनस से जीरो प्लस पन्द्रह प्लस ट्वेंटी इस तरह यानी जहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है तो ये कर्व अगर ऐसे ऊपर उठ रही है तो ये फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ऊपर तो उठ रही है तो इसे कहते हैं डीपोलराइजेशन डी आपने हाईफोन लगाना ये मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं ठीक है यस यस इसे इसे डीपोलराइजेशन कहते हैं बोल पढ़ो उसके बाद क्या होगा नहीं इतनी जल्दी नहीं अगर हम कार्डियक मसल अब यहां पे देखो ना वो बात आ जाती है कार्डियक मसल का जो एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ है वो जरा होता है उसमें बीच में एक पूरी जगह होती है इसको हम हम क्या क्या कहते हैं तो ये बना दी मैंने ठीक है है है शाबाश उसके बाद बनता फिर होती थोड़ी सी फिर ये नीचे इसे अगर याद रह जाए इसे इसे इसे कहते हैं, -E -A -U, और इसे वो है, वो ये प्रॉपर yes? yes, जब आप, आप कार्डियक मसल को स्टिमुलेट करते हैं कार्डियक इम्पल्स के साथ जो ऐसे नोट से जनरेट हुई भी है या तो सारी कहानी कल बताई अब वो मसल तक पहुंच गया मसल को उसने एक्टिवेट किया मसल आराम जब, जब खत्म हो जाएगी डीपोलराइजेशन तो हल्का सा एक बैक गियर बैक रिवर्स लगेगा उसे आप कहेंगे अर्ली रिपोर्टेशन लेकिन फौरन ही बात साथ ही वो कर फ्लैट हो जाएगी फॉरन और उसको हम कहेंगे फिर ये आराम आराम से वो आप आबशार की तरह गिरती थी सीधी होके रीपोलराइजेशन करके दोबारा में जाके बैठ जाए यहाँ तो ठीक है ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बेटा जी ये उस इलेक्ट्रिकल इवेंट की है जो कार्डिक इम्पल्स ने करवाया है जनरेट किया तो ठीक है अब सवाल करना है सवाल आपको करना चाहिए ना लगा कि होगी अगर सवाल आपने ना किया ये वाला सवाल नहीं एक और सवाल ये भी सवाल रख लो फ्रेंड कर बताऊँगा कि अच्छे सवाल कर रही है लेकिन जी नेक्स्ट सवाल बनता है कोई कोई निकम्बे बच्चों ये सवाल नहीं बनता कि इसका कॉन्ट्रेक्शन से क्या ताल्लुक है आपने तो कहा था कि जो इलेक्ट्रिकल इवेंट है ये जरूरत है तो कंट्रैक्शन के लिए तो इसमें कंट्रैक्शन तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही ये सवाल बनता ही नहीं बनता नहीं। अच्छा पैसे को निकमे हो ये सवाल भी मैं खुद ही बताता हूँ <laughs> हैं जी ये मैं ये जो डांट होती है ना ये दूसरी वाली डांट होती है सीरियस डांट नहीं होती सीरियस डांट डांट पड़ेगी तो आप सबको भाग जाओगे आज ये ये बच्चों वाली डांट है जो मैं बच्चों को भी डांटता रहता हूँ सरा मजाक मजाक इसका उसको ना लिया बहुत इलेक्ट्रिकल इवेंट आपने पढ़ लिया आज ठीक है इसी दौरान कहीं कॉन्ट्रेक्शन हो रही है ये आपके लिए इंकशाफ है बता रहा हूं इसी दौरान क्योंकि देखो ना ये जो फिक्रा लिखा है ये उसकी मैथमेटिकल ये लिखा है ये, ये बनाया है, ये सेम चीज है लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हम इस पर एक्सप्लेन कर दें कि भाई कॉन्ट्रेक्शन इसमें जरा बता दें किधर हो जाएगा ठीक है अब मैं वो बताने लगा तो आपके दिमाग में आपने इलेक्ट्रिकल इवेंट को करना है थोड़ा सा पॉज अब हमने क्रांट्रैक्शन डिस्कस कर इसको बढ़ा दो समझ में आ गया ना पॉजिटिव नहीं बस जीरो को मैं रहने ऊपर समझ, ऑटोमेटिकली समझ में आना है ये पॉजिटिव। अच्छा अब आप ये सोचें कि आपने कार्डिक मसल का एक पीस ले लिया। ये कार्डिक मसल का पीस है ठीक है ये इस वक्त अपने आर एम डी पे है ठीक है यानी ये माइनस है इसको अब आपने दी। याद है और ऐसे करके हमने वो बनाई है हमने एसे -एसे करके नहीं बनाई टीली शीली बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर जाता है तेज अमल होता है कैसे? Yes. क्या हो? कोई पॉजिटिव शय इसका मतलब है सेल के अंदर आती है जो वैसे बाहर बैठी होती है लेकिन जब भी आगे जब गडी सुनो सुनो सुनो जब गार्डी इंपल्स आती है तो कुछ होता है कोई दरवाजा खुलता है, है जिसकी वजह ये, ये, वो दरवाजा वोल्टेज गेटेड वोल्टेज गेटेड फास्ट सोडियम चैनल्स इसके मैंने काफ़ी डिटेल बताई है वो डिटेल सारी तो नहीं आपके अप्लाई होती उस लेक्चर में फी डिटेल है यानी वो तमाम डिटेल मौजूद है जो आपको, जो आपके लिए आपके लिए ज्यादा है लेकिन अगर उसको देख लोगे तो मार कभी नहीं खाओगे इसको तो बेटा जी इस गार्डे मसल की मेमरी में ढेर सारे सोडियम चैनल लगे हुए हैं ये वाली टाइप में फास्ट वोल्टेज गेटेड फास्ट सोडियम चैनल्स क्योंकि वोल्टेज गेटेड है यानी इनको ये वोल्टेज सेंसिटिव है इनको ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं वोल्टेज सेंसिटिव फास्ट वोल्टिंग आपने इम्पल्स डाल के ना वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डाल के इनको डिस्टर्ब कर दिया बस ये मोटी बात जब इनको वो ये सो रहे थे -90 नाइन्टी बंद बुंद करके दुकान शुकान बंद है आराम से सो रहे हैं आपने ले आए इम्पल्स जब हम इम्पल्स ले रहे ये खुलना शुरू हो जाते हैं क्यों क्योंकि आपने वोल्टेज चेंज कर दी ये तो माइनस नाइन्टी पर रहे होते हैं अब आपने वोल्टेज में डिस्टर्बेंस की और जैसी माइनस नाइनटी से तक ये किसको पता है 65. ये क्या होता है नहीं पता ये नहीं यह नहीं पता इसे बड़े कहते हैं फ्लैश होवर बड़ी सिंपल सी बात है अब उसने जगाया उठो उठ जाओ से बस काफ़ी हो गया रेस्ट माइनस नाइन्टी से अब पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हुआ अभी लाहौर में दस बजे आराम आराम से दुकानें खुल रही हैं ग्यारह बारह बजे दुकानें पूरी खुलती हैं ऐसा ही है अभी दस बजे अभी थोड़े बहुत चैनल खुले हैं माइनस नाइन्टी से एट्टी फाइव हुआ है फिर माइनस एट्टी फिर सेवेंटी जब सिक्सटी हो जाता है तब एक धमाका होता तब एक धमाका होता तब सारे जो बाकी है ना सॉरे खुल जाते हैं और बैक वक्त खुलते हैं क्यों क्योंकि -65 सिक्सटी फाइव मिली पे, अगर आप ये चैनल हैं आप बंद रेंग्स आपकी ये छेड़ है आपकी ये टीज है ये आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है इस वोल्टेज पे आपके गेट्स खुले खुलेंगे बंद नहीं बेस्ट नहीं सवाल ही बता रहे ये बने गई ऐसे क्योंकि वोल्टेज सेंसर और के दौरान ये थोड़ी सी सुस्ती दिखा सकते हैं लेकिन वंस आप माइनस सिक्सटी फाइव पे आ गए अब कुछ नहीं हो सकता अब ये धड़ाम से घुटेंगे और वो सोडियम एक सुनामी की तरह अंदर आएगा और ये ग्राफ बिल्कुल लीनियरली ऐसे करके ऊपर जाएगा बात समझ आइए माइनसोल्टेज फॉर एक्शन पोटेंशियल ये अच्छा क्वेश्चन साबित हो सकता है आपके जिसने डिटेल है पढ़ाओ उसको ये सवाल आना चाहिए ठीक है मेरे स्टूडेंट को ना आया मैंने पर्सनली आके डंडे मारने लूँगा क्यों क्योंकि वही बात है जब जोर से पढ़ाया जाता है तो फिर ज़ोर से पढ़ा भी जाता है मुझे ये बात याद रखने वाली है मैं पूछता रहूँगा आपका उनसे गाय वगैरह फ्रेंडी सो so, ये जरा ऊपर चला गया अब ऊपर जाके पॉजिटिव टेरिटरी में चला जाता है क्योंकि ये फास्ट है ऐसे जाता है नेगेटिव से फास्ट ऐसे करके जाता है आँख तो आप देर में झपकेंगे ये पहले ही ये मिली सेकेंड की बातें होती हैं आप देखो ना टाइम इधर शो हो रहा है टाइम तो लगा ही कोई नहीं अगर आप डीपनाइजेशन को तो देख रहे हो टाइम कौन लगा मिली सेकेंड में ठक करके ऊपर चला गया अच्छा अचानक जब यह पॉजिटिव में जाता है इतनी पॉजिटिविटी इसको बारे नहीं आती ये ठग करके बंद नहीं हो जाता होता है। ये जब ठग करके खुल सकता है ठग करके बंद हो सकता है इसीलिए ये चोच बनती है अगर आप बॉर करें ये जो चोच बनी है ये ये फिर ये ये और फिर चोच बनना जो है ना ये बड़ा पिक्यूलियर बात है किसी का टिश्यू हो और उसके में बन रही हो इसका मतलब है कोई चीज ऐसे करके उछली थी और वो धड़ाम से नीचे आई ये सिर्फ उस वक्त होता है जब कोई बहुत ही फास्ट शेय हो पीछे जो ऐसे कर रहे हो वरना चोचें नहीं बनती ग्राफ्स में बायोलॉजी ये बहुत रेयर चोच है बायोलॉजी की कर्व ओके और एक ये बयान yes? पे कर रहा हूँ यहाँ पे कहीं खुलेंगे चैनल यहाँ पे ये बंद हो जाएंगे धड़ाम से जितने अचानक खुले थे उतने धड़ाम से बंद भी हो जाएंगे तो फॉरन ग्राफ रुकेगा और फिर क्या होगा रुक जाओ मैं आप लोगों को वो एक चीज बता रहा हूँ जो किताबों में यूजली नहीं लिखी होती इवन अच्छी अच्छी में नहीं लिखी होती सोडियम का एक कजन भी है माठा कजन क्यों जरा स्लो है तेजियां नहीं आती उसमें स्लो है तो जनावेली सिर्फ सोडियम नहीं है इस कहानी में इसमें चैनल भी हैं लेकिन वो स्लो है दे आर तैयार होते तो वो भी तरसी निगाहों से देख रहे होते हैं ये सारे ट्रैशोट पोटेंशियल वगैरह वगैरह लेकिन उनका जो खुलनिया है उनकी वो बहुत स्लो है तो आप ये सोचें और ध्यान रखिएगा वरना ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं होगी आपसे कि गौर करना होगी सर ये जो ऊपर की शूट लगाई है इसलिए सोडियम ने यह पीछे भी चल भी खुल रहा है आनाम से लेकिन वो बिल्कुल ही लाहरी है वो तीन रुपए तक खुलेगा आराम से और उसका खुलने का जरा मामला डिफरेंट है कैसे ये एक सेल है इसको अभी काटी पिश नहीं होते हैं अलग तरह का एक सेल बना दिया जी मैंने मुझे बताओ सोडियम आइन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में ज्यादा होते हैं या इंट्रा सेल वेरी गुड वेरी गुड एक्सपेक्टिंग कर रहा था यहाँ से सोडियम ज़्यादा होता होता है, अंदर काम होता है। अंदर नहीं बच्चों को फौरन नहीं पता अच्छा, हो और और तो <laughs> है सर हार्ड ना पढ़ाए उसमें भी चुप हो जाते हो बोला करोटेशम पोटैशियम बताऊंगा कुछ नहीं समझ इन साइड पोटैसियम ज्यादा होता है आउटसाइड कम ठीक है अब आपने जब सोडियम का गेट खोला तो सोडियम ने कहां से कहां मूव करना है ऑब्वियसली यही किया बता दिया पोटासम भी होता है इसने कहां मूव करना फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऐसे करते हैं ये ठीक है ठीक है ना पोटैशियम इसे कहते हैं इसे कहते हैं इनफ्लक्स ठीक है तो सोडियम का हो गया इनफ्लक्स पोटैशियम का हो गया इस याद रखना पोटैशियम इीपोलराइजेशन करवाता है मैं लिख भी देता और इधर भी याद ये सोडियम चार इनफ्लक्स याद पे तो ठीक है लेकिन अब कसूटी मैंने ये डाल दी थी पूरा सा टाइम ऊपर चला जाए, yes. पाँच दस मिनट पर चला जाए इससे मुझे पता है आपको उन्हें जाना भी होगा कोई लेने आया होगा कौन सा जब मैंने आपसे कहा होते हैं लेकिन वो बहुत स्लो होते हैं तो जैसे जैसे सुनामी सोडियम का अंदर आ रहा होता है ये बेचारा अपना हल्का हल्का सौदा बाहर भेज रहा होता है लेकिन वो तो नहीं है वो दिखता ही नहीं है क्यों ये एक पूरी सुनामी अंदर आ रही है सारी जो वोल्टेज का करंट है ना ग्राफ पे वो सोडियम रिप्रेजेंट कर रहा होता है समझिएगा लेकिन जैसे ही सोडियम बंद होता है वो बेचारा जो लेट लतीफ़ है वो नजर आना खुश होता है ये है बच्चे अर्ली रिपोर्ट अर्ली छोटी सी हल्की सी किरण आती है की, वो इस वजह से नजर आती है हाउेवर ये थोड़ी सी होती है क्योंकि इस जगह एक और शिकारी खुल जाता है श्राग, श्राग, श्राग, श्राग, श्राग, तो ये कैच, ये भाई साहब भी ज़्यादा पाए जाते हैं, अंदर कम पाए जाते हैं और अच्छ, अच्छी बात है अंदर कम पाए जाते हैं क्यों ये मैंने क्या उनके हमें सिर्फ इनकी जरूरत उस वक्त है जब ये हर वक्त अवेलेबल है तो वो तो फिर हमें नहीं चाहिए हम इसको सिर्फ जरूरत अंदर लाते हैं अब अर्ली yes, अब अर्ली ये फ्लैट अच्छा लिखती है को को को इसमें कोई साइंस मुश्किल को बात नहीं है सिर्फ वो उन्होंने क्योंकि एम बी बी एस और, और ए, ए, ए, दोनों के लिए था तो मैंने थोड़ा सा अमेरिकन बुक फॉलो की थी तो ये आपके लिए भी कोई इतना बड़ा रोना नहीं है बिल्कुल ठीक है आपने समझेगी बार आपने सिर्फ वो जीरोज है ना ये जो एरिया है ये बात ये किसी और शिकारी के लिए भी मुआफ़ है वो हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स अब वोल्टिज गेट स्लो कैल्शियम चैनल वो इस एरिया में इस वोल्टेज के एरिया में खुश रहते हैं इस एरिया में वो खुल जाते हैं यहाँ पे नहीं खुलते यहाँ पे नहीं खुलते हैं। वो इस एरिया में खुलते हैं तो जब फोटाइसी बेचारे को सो लगा कि उसकी बारी अब बा आ गई है उसकी खुशी जो थी वो टेम्प्रेरी थी क्योंकि अचानक क्या हुआ धराम से कैल्शियम आइंस कैल्शियम चैनल्स खुल गए कैल्शियम अंदर आना शुरू हो गया इसकी ये जो फ्लक्स थी ये फिर दब गई क्योंकि कैल्शियम थोड़ा थोड़ा अंदर आना शुरू हो क्योंकि ये सारा जो काम हमने किया था ये कैल्शियम को अंदर लाने के लिए ही किया था ये सारी वोल्टेज थी जो हिसाब किताब हमने किए हैं ये कि एक्चुअली कैल्शियम के अंदर लाने के लिए तो जिसने सवाल किया या नहीं किया मैंने किया था सवाल कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन कहाँ हो रही है प्लेटो सुन तो लो जब एक्शन पोटेंशियल प्लेटो दिखा रहा होता है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है क्योंकि उसमें कैची बंजर आ तो अगर कोई ये सवाल कर ले किसी भी एंगल से कि जी ये इसको डिफरेंट करने के बेटे तरीके हैं इसको एक करने का तरीका ये है जो सिंपल तरीका है क्या कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा आइन जरूरी है कैल्शियम एक्शन पोटेंशियल में ये एक और पेट सवाल है एक्शन पोटेंशियल में प्लेटोफेस की खसूसियत या वो बरकत या जो भी है वो क्या है कैल्शियम क्योंकि कैल्शियम इसमें अंदर आता है इनफ्लक्स कैल्शियम का एक और बरकत है वो लिख लो एक्सप्लेन बात करो एक सेकेंड बरकत भी जो किस बच्चे ने सवाल किया आपने किया था ना ये इतना स्पेस क्यों है ये बहुत अच्छा सवाल है आपने किया था बहुत अच्छा सवाल है कि इसमें और इसमें इतना गैप है ये बहुत अच्छी बात है कि इतना गैप है इसमें वो कुछ समझ आई रिफ्रैक्टरी पीरियड का मैंने इतना लंबा चौड़ा इसमें एक्सप्लेन किया है बिल्कुल नहीं समझ आएगी था इस लेक्चर में नहीं था चलो मैं, तो तो मैं आज वो सेकंडाइज का पार्ट रिफ्रैक्टेड पीरियड समझते हो रिफ्रैक्टेड आखिरी एक मिनट में जाते जाते लिटरली जब जा मैं जा रहा हूं तो मैं करूं। अभी रोक दो इसको, पे आ हमने प्लेटो कवर कर लिया प्लेटो में कैल्शियम कैल्शियम, हैं, कैलशियम ठीक है उसके बाद आखिरी चीज रह गई वो हमने पहले ही कर ली है जब यहां तक कैल्शियम इनफ्लक्स हो जाता है खत्म और वोल्टेजरा दर्जों में जारी होती है कैल्शियम नाराज हो जाता है रूप बंद हो जाती है अब जो वो पीछे चल रहा था बेचारा उन्नीस से पोटासम डी अब उसको फाइनली रनरे मिल जाता है अब वो कहेगा जी अब मेरी बारी आ रही है उसकी बारी का मतलब ही यह है कि अगर आप पोटासियम को बाहर फेंक रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं आप पॉजिटिव स्टफ से बाहर ले जा रहे हैं इसका मतलब है कि आप नेगेटिविटी की तरफ सेल को लेके जा रहे हैं ऐसा ही है यही होता है कि नीचे नेगेटिव की तरफ आना शुरू हो जाता है इट हिट्स yes. फिर फिर वो चुपके जाता है। क्यों है है। है? सर सर से तो होता होता क्यों क्यों क्योंकि उसकी जो वोल्टेज है उस चैनल की, चैनल की वो इस यहां पे मुझे, मुझे है। जैसे ही हल्का से नीचे जाता है, वो है और दूसरी दूसरी वजह यह है कि इस एरिया में पोटेशियम चौधरी बन जाती है इवेंचुअली फाइनली ये जो एरिया ना ये वाला एरिया यहाँ पोटेशियम इफ्लक्स तेज हो जाता है बस बहुत हो गई ना पोटेशियम बेचारे के साथ इग्नोर हो गया यहाँ वो तेज हो जाता है कैल्शियम को कर देता है बीट और इतनी इसलिए कैल्शियम बंद भी हो जाता है तो बस फिर पोटासियम को खुला था मिल है बेटे ये है आयनिक बेसिस ऑफ Action, potassium. Basis, यानी की है. है? Plateau है. है. फिर सारे हमने पढ़ के दौरान होती होती वो जो डिस्टेंस है वो प्लेटो की वजह से होता है अगर यह नर्व एक्शन होती है, वैसे ये मैंने बात की है धंधे बच्चों ये मैंने सवाल, ये मैंने बात उस वीडियो में की है मैंने बनाया भी है कि अगर ये नर्व एक्शन पोटेंशियल होगा, तो कैसा हो ये, ये मैंने बात कैसा होगा? ये, ये बना तो मैंने नाकाम कोशिश की थी बनाने की वो वो हिल जाता है बार बार, तो जब नर्व एक्शन पोटेंशियल होता है तो वीडियो में ऐसा दिखता है और काटे देखो आपको वहां बैठा दिया जाए पीछे और यहाँ मैं दोनों कल सुना दूँ आप बता सकते हो उधर बैठे भी कि कार्डियक वेंट्रिकुलर मसल जो है उसकी इन में से एक्शन पोटेंशियल कौन सा बनता है जो ब्रॉड है समझ लो वो कार्डियक लुकेसो प्लैटो वगैरह बीच में जो नर्व है उसके रन पैटर्न नहीं है वो सिर्फ डी और रीपोलराइजेशन है कोई प्लैटो नहीं क्योंकि नर्व तो कॉन्ट्रैक्ट भी ना करती ना वो प्लैटो देके क्या करना है उसमें कैल्शियम चैनल ही नहीं होता बात करें ठीक है ये है तुम्हारा अच्छा जो दूसरी प्रकार है क्या है मैं बात पूरी कर रहा लू जो दूसरी बरकत है वो ये है कि कार्डिक मसल टेटनाइज़ नहीं ये लिख लो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा किसी वक्त कार्डिक मसल टेटनाइज नहीं हो सकता उसको टेटनी नहीं होती टेटनी क्या होती है टेटनी टेटनी होती है अगर आप एकट कर देना तो वो कॉन्ट्रेक्शन कॉन्ट्रेक्शन करके ना एक स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट कॉन्ट्रैक्शन में चला जाता है मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन फंस जाता है ओवर स्टमेशन नहीं कर सकता कार्डियक मसल को ये नहीं कर सकते आप क्यों इतना बड़ा दरम्यान में प्लेटो बैठा हुआ है वो इसको रेजिस्ट करता है टर्टनाइजेशन इसकी डिटेल मैं किसी दिन बताऊंगा फिलहाल आप एक पॉइंट नोट करो कोई आपसे पूछे क्योंकि तो आपको ऐसे क्यों माना इसलिए रहता है तो कोई आपसे पूछे कि प्लेटो के, के फ़ायदा क्या है प्लेटो का वट इज दिग्निफिकेंस ऑफ प्लेटो इन कार्डिकल मसल एक्शन पोटेंशियल तो आप ये कहेंगे नंबर वन इसमें जनाबे अली कैल्शियम अंदर आता है तो कॉन्ट्रैक्शन सिग्निफिकेंस है दूसरी इट इट या बाय इंक्रीजिंग द रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ द एक्शन पोटेंशियल रिफ्रैक्टरी पीरियड हम नेक्स्ट टाइम करेंगे थोड़ा सा टच करेंगे बाय इंक्रीजिंग द रीफ्रैक्टरी पीरियड सरीफ्रैक्टरी पीरियड जो नीचे से हो गया टाइम नहीं नहीं रीफ्रैक्टरी पीरियड और भी लिख लो मैं जाते-जाते क्या बता दूं रीफ्रैक्टरी पीरियड जी बेटे नहीं समझ आ रही रिपीट प्लाटो की खासियत बयान कर रहे थे नंबर 1 एज के इस दौरान कॉन्ट्रैक्शन होती है नंबर 2 के यह डिटेरिटिनाइजेशन को अवॉइड करता है बाय इंक्रीजिंग बढ़ाना इंक्रीजिंग refractory period of the action potential ठीक है फिनिश वो भी पर आखिरी मैंने कहा था कि मैं रिफ्रैक्टरी पीरियड जाते-जाते एक्सप्लेन कर दूंगा अब मैं हूं करने लगा सर मेरा क्वेश्चन भाई जल्दी से सर आपने कहा कि कैल्शियम जब ये पोटेशियम कैल्शियम आयन का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है दूसरा वाली जो तो सोडियम अंदर जा रहा था, था उसकी वजह से क्या हुआ सर मतलब उसका तो कोई तो काम नहीं है बैठ जाओ आपने ये जो कैल्शियम के मुाफिक वोल्टेज है यहां तक कैसे आए हैं yes, आप कैसे आए सोडियम कैसे तो आए बैठे, बैठे, बैठे, बैठे। आप इधर तो बैठे हुए बैठे बेटे और तो छठे इलाके बैठे हुए वो तो उधर था तो ये वोल्टेज सोडियम में सोडियम अंदर आएगा वोल्टेज पॉजिटिव होगी तो क्या अच्छा जानक सम अच्छा जल्दी जल्दी मोटी मोटी बात रिफ्रैक्ट्री पीरियड से क्या मरा मैं जानता कौन सी ठीक है डिफ्रैक्टरी पीरियड से सिंपली बात यह है मैं लिख भी देख इस बारिंग भी समझ में once again अगर आज सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह बैठ गए हैं तो this is good this is good progress ये अगर टोटली समझ ना भी आए तो परेशान नहीं होना ये थोड़ा सा आगे की बात है एक साथ नहीं पढ़ाई जाती लेकिन आप लोग माशा इतने चाहते हो पढ़ें आप और अपनी ज़िंदगी मुसीबत करें मजीद कि मैं ये करने करना लगाऊंगा रीफ्रैक्ट्री पीरियड का मतलब ये है एक ऐसा पीरियड एक ऐसा टाइम जब दोबारा एक्शन पोटेंशियल को उसी जगह जहाँ पहले वो स्टमुलेट किया गया है दोबारा वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट ना किया जा सके रिफ्रैक्ट्री का मतलब होता है नो no. रीफ्रैक्ट्री मैं रिफ्रैक्टरी हूँ किसी भी कॉमेंट के लिए आई I एम mean, not available for any comment. Refractory, no, काटा ऐसे जहन बनाऊ कौन सा रीफ्रैक्ट्री पीरियड का मतलब यह है कि अगर मैंने एक मसल को डी पोलराइज कर दिया है और इसी असना में मैं एक और impulse generate करता करना चाहूँ अगर इसमें एक second डी पोलराइज करना चाहूँ नहीं होगी नहीं होगी इससे कहते हैं रिफ्रैक्टरी मोटी सी बात ठीक है मोटी सी बात वैल से अब इसे कनेक्ट कैसे करना है प्लेटों के साथ वो मैं अभी निकल लूँ अगर आप कन्फ्यूज तो हो जाओ फिलहाल आपने सिर्फ इतना समझना है कि अगर एक टिश्यू ऑलरेडी स्टिम्युलेटेड है उसको सेकेंड स्टिमुलेशन से स्टिमुलेट नहीं किया जा सकता इस चीज को इस इस इस फीचर को रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं एक फिक्र इसमें ऐड कर लो कार्डियक मसल का रिफ्रैक्टरी पीरियड इज लॉन्गर then skeletal and smooth muscle because of of the presence of plateau अभी लिखवा था पीरियड ऑफ गार्डिक muscle इज लॉन्गर देन स्मूद एंड स्केलेटल मसल बस चलो जो बहुत बस the एंड